एस के और एक स्टूडियो दो लाइनें तुम्हारी फरमाइश पे वैसे महाराज के आने दो बार बार एक लाइन की फरमाइश कर रहे हो लेकिन रोशनी जी बिल्कुल हकीकत बात है जब जे नैना गो से लग जाते नहीं तो बड़ी दशा होते युवा पीढ़ी जितनी बैठी है शायद उन्हें अच्छो लगे जो सुन के देखो आप की रातन रातन जागे ए रातन रातन जागे नेना जब काहू से पा जर और उपाजर की लेते राहत पा जर और उपाजर की लेते राहत के अंगे रहते आखन में दिखावे बे फल के दब तीन पायल की झने से लागे देना जब का परे पर उनचल में गहरी ले बे सासे आपकी बात है जोर जोरे से एहृदय धड़ के और कड़गड़ जावे फांसे सतन में लाभ दे रहे सपन में